यो यो यो गाइस कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले ऑफ माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट तो यार आज हम खेलने वाले सीजन का एपिसोड लोगोड पिछले सीजन सॉरी सॉरी पिछले एपिसोड में हम गए थे माइनिंग के लिए और तब हमने कुछ नहीं मिला हाँ गाइस हमें वहां कुछ नहीं मिला तो अब हम वापस से माइनिंग करने वाले हैं तो हमारी प्यारी दुनिया में हम पहले घुस जाएंगे यस ये देखो गाइज ये है हमारी प्यारी दुनिया आज आपको मेरा माइंड कर्फला अलग अलग रहा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं शेडल्स नहीं यूज कर रहा और हाँ गाइज तो पिछले वीडियो में मेरा ऑडियो थोड़ा भंगार सा आया है तो अपना एडजस्ट कर लेना गाइज प्लीज अब से वैसा नहीं होगा क्योंकि तो पिछले वीडियो में जरा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी इसकी वजह से तो आइज शेडर्स में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि न, मतलब दूर दूर का व्यू हमें नहीं मिलता अभी देखो वो पेड भी मुझे दिख रहा है तो शेडर्स में वो नहीं दिखता इसके लिए मैं शेडर्स यूज नहीं कर रहा और ब्राइट भी बहुत दिखता है बिना शेडर्स के ये देखो वाइज ठीक है मार दो इसको ठीक है चलो गाइस चलते हैं वापस हमारे माइन की ओर तो ये है हमारी माइन गाइज आज भी हम लोग डायमंड्स की खोज करेंगे नीचे चल के ओके सबसे पहले मुझे थोड़े पेड़ काटने पड़ेंगे उससे मुझे थोड़े टॉर्चेस बनाने पड़ेंगे ठीक तो है तो गाइस चलते हैं पेड़ काटने को शेख इधर भी मुझे जाना है गाइज लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला ये एक क्या बोलते उसे रवी नहीं गाइज एक तो यहाँ से मैं नहीं जाने वाला बेसिकली मैं उस साइड से जाऊँगा वो जो गुफा हमने बनाई है ना नीचे तक इलेवन कोऑर्डिनेट तक वहाँ से मैं जाने वाला हूँ ठीक है राइस तो इस पेड़ को हम तोड़े थे पेड़ कितना बड़ा है इस पेड़ को तोड़ने की गाइस एक ट्रिक है ऐसे ऐसे गोल घूम के ऊपर जाना रहता है हमें आप भी ये ट्रिक फॉलो कीजिएगा आपको बहुत सारा वुड मिलेगा इससे तो गाइस ऐसे हमें ऊपर जाना है यहाँ से ओके देखो अभी इधर खत्म हो गया अभी हमें ये पेड़ तोड़ देना है पूरा और फिर हमें ऐसे तोड़ते हुए नीचे आना है मस्त ऐसे मुझे मुझे इसको मारना मा पड़ेगा पिछले वीडियो में ने मार दिया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे सब पहले फटाफट -फट्ट से जाके देखो और आपको अभी भी लगता है कि यार मुझे यूज करना चाहिए तो आप मुझे वैसा सजेस्ट करो फिर मैं अभी से पूरे वीडियो शेडल्स पे ही डालूंगा ठीक है तो तो सजेस्ट कीजिएगा मुझे, वैसे ही मैं और हाँ जिसने, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि जब भी आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी उम्मीद बढ़ेगी और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाऊंगा गाइज़ बेसिकली इसको निकाल देते हैं यहाँ पे मटन को डालेंगे इसको देते हैं यहाँ पर एकदम से बटन है इसको खा लेंगे हम फटाफट तो सेक्स भी मुझे बनानी पड़ेगी ये निकाल लेंगे ओके बना लिया तो चलते हैं इस नीचे को आज गाइज इस एपिसोड में डायमंड्स को तो रहना है है ठीक तो बेसिकली टॉर्च टॉर्च क्या आदमी डायमंडली इस मुझे इसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा ये बहुत लेट होता है इसे चढ़ने में फटाफट से चलते ऊपर के इसे भी उठा लेते हैं इसे बना लेंगे ये इससे बना लेंगे बारह बस हो गए नाइस तो अभी इसे यहाँ रखते हैं इसे यहाँ रखते हैं ओके, 60 है, लिए चाहिए। और ये सब स्टोर करके रख देंगे यहाँ पर तो यहाँ पे चौदह और चौदाह कोल है इसको यहाँ पे डाल दिया इसको आयन डालते तब तो तक तो तो तो रोस्ट होएगा। और निकलते हैं हम नीचे <laughs> तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप माइनिंग की थी बेसिकली कल कुछ भी नहीं मिला मुझे सिवाय रेड स्टोन और लैपिस लाजुली के कोल की बहुत ज़रूरत हमें इसकी वजह से थोड़ा बहुत कोल ले लेते हैं okay. इससे भी निकाल लेंगे ओके okay. आज हमें किसी भी तरह से डायमंड है ठीक तो है किया है तो उधर करेंगे दो ब्लॉक छोड़ के तो यहाँ पे किया अभी इस तरफ में करेंगे ओके दो ब्लॉक छोड़ के इधर थोड़ा सा कॉपर मुझे मिला है के वो देखो गोल्ड अभी नहीं तोड़ेंगे जाते वक्त सब रिसोर्सेस कलेक्ट करके चलेंगे ओके गाइस जो शबल भी बनानी पड़ेगी बहुत तकलीफ दे रहे ओके दो ब्लॉक छोड़ के इधर को कोई इस माइक का अगर अभी अभी भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है नया मतलब लग रहा है तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा मैं वैसे ऐसे माइक को लेना पड़ेगा मुझे अभी नया माइक ठीक है गाइस तो थोड़ा बहुत आयन भी मिला अच्छी बात है तो गाइस मैं फटाफट माइन कर लेता हूँ स्ट्रिप माइनिंग थोड़ी बहुत तो और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में दूसरे एपिसोड में हमें मिल चुके हैं इसी बात पे जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज फटाफट से गाइज ये देखो गाइज स्ट्रीप माइनिंग के फायदे टोटल गाइज मुझे लगता है यहाँ पे एक दो तीन चार पड़े हैं इस oh, oh, कमेंट में #stripmining OP। चार लुको है इस दो तीन चार पांच डायमंड मिल चुके हैं चुकेगा #stripmining OP और ये मेरी पिटैक्स टूटी हुई मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा बना के लाने पड़ेगा। पड़ेगा। चलते से। पड़ेगा। चलते गाइस गाइस गाइस गाइस से। से। मजा वीडियो में तो। ऐसे ही अगर मस्ती हो ना हर वीडियो में मेरा तो चैनल तीन दिनों में हिट हो जाएगा फटाफट से सब्सक्राइब कर दो बंदा अपने देखा है बस डायमंड भाई भाई साहब साहब अमीर बन गया। दो दिनों में ओ भाई क्या ये बंदा बंदा मेरे बेड पे सो रहा है सो जा भाई सो जा ठीक है सो जा तू तो, आराम कर बाद में मुझे तेरे से ही ट्रेड करना है मेरे बच्चे सो जा रुको रुको बंदा मरना नहीं चाहिए पापा। विलेजर विलेजर है लिए भाई सब लोग विलेजर को मार देते हैं जब उनको फर्स्ट टाइम विलेज मिलता है लेकिन ऐसा मत करते जाओ विलेजर माइनक्राफ्ट में इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको इस। बत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, चलते हैं इस -फट से नीचे एक कलेक्ट करते देखते हैं हैं हैं। देखते हमको कितने मिलेंगे। वैसे ही मिलने वाले देखो अभी उससे मैं यहाँ तो पे लगा के रखते टॉर्च और दो डायमंडा एक एंशमेंट टेबल माइनक्राफ्ट में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यस यस मेड ये बेबे ये बेबे गेम में कैसा लग रहा है आपको दूसरे एपिसोड में मिलके माय माय गॉड गॉड अमीर बंदे हो गए हैं हम खतरनाक खतरनाक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं भाई हाँ सो चलो चलो ओकेमनेल मिल गया मुझको थमनेल ओपी ठीक है फटाफट से ये तोड़ लेते हैं चलते हैं गाइस ऊपर को देखते हैं अपना क्लैरिकला बंदा क्या कर रहा सुबह नहीं हुई क्या अभी तो ए बंदे उठ मेरे बेड पे सो रहा है चला एक और सुहानी सुबह माइंड क्राफ्ट में तो चलो यार यानी अब बनाएंगे हम डायमंड डायमंडक्स यस oh, yes. एक हाथ में डायमंड्स और एक हाथ में डायमंड की पिकैक्स चल yes. sure. तो यार अब क्या करें इसे तोड़ देते पहले तो अब मुझे ढूंढना है लावा और लावा मुझे कहा मिलेगा यहां नीचे मैंने इधर किधर तो अपनी वो ये देखी थी ओके तो चलते हैं यहां पर एक वाटर इधर इधर से हो रहा है ना ही तो अरे यहाँ पे एक है बैठे किधर है इसको इस माइन इधर लेकिन मेरे को मिलने रही है। के नहीं है क्या मिला शी कुछ काम है बस फ्लिंट एंड स्टील बन के काम आता हूँ चलते आगे किधर है माइन Hmm. मुझे शायद वो उसमें जाना पड़ेगा हमें क्या बोलते उसको रवीन के नीचे उधर लाओ रहेगा शायद से चल के देखेंगे और मैं फॉर्मस बना लेता हूं एक्स्ट्रा इसमें डालते हैं रेड स्टोन का रखते हैं संभाल एक क्राफ्टिंग टेबल में अपने साथ लेके जाने वाला हूं और मुझे अभी बनाना पड़ेगा एक और तो इसको मैं सेपरेट रखूंगा इसमें मेरे डायमंड्स रहेंगे ओके okay. मुझे अपने लिए ये मुझे चाहिए ये भी मुझे चाहिए ये नहीं चाहिए डायमंड के एक्स भी मैंने लेके जाऊंगा लगा इस तक नहीं नहीं नहीं नहीं लावा में ऑप्सीडियम चाहिए ना तो इसके लिए वो लगेगी तो मुझे एक स्वॉर्ड बनानी है फटाफट से और अभी मुझे बनाना है अपने लिए एक चस्ट प्लेट उसके बाद मुझे अपने लिए बनाना है इसको से, इसको से, इसको, उसके बाद एक हेलमेट और बूट्स ये देखो अपना पूरा आयन भी इस एपिसोड में तैयार हो चुका है शायद मेरे लिए सबसे लकी एपिसोड रहेगा ऐसा मुझे लगता है तो गाइज चलते हैं उस नहीं एक वाटर बकेट बना लेता हूँ मैं इम्पॉर्टेंट है वॉटर मकेट ओके चल तो, चलो चलते फूड नहीं मेरे पास आई वॉन्ट फूड गिव मी समूड हैं रखते यहा निकलते हैं ये तब तक पक रहा है तब तक हमें एक वॉटर की बकेट लेके आते फटाफट से भर के तो अभी हमें का है आते फटाफट से चलते हैं मुझे जरा यहां से ध्यान से जाना पड़ेगा फूड खाओ सबसे पहले के okay, गई मेरी ट्रिक। को में कोई बात नहीं ओह माई गॉड एक्सल मुझे भाई चाहिए Exolotel चाहिए यस यस एडवांसमेंट मेड एक्सल होटल चाहिएस्ट प्रेडेटर और वैसे गैस ये glowing sac से क्या होता है मुझे नहीं पता comment section में मुझे बता ना इतना बड़ा pro कर मुझे नहीं पता गैस इससे क्या होता है क्योंकि ये नया update में आया है अभी तक मैंने वो use नहीं किया है गैस ये सबसे लकी एपिसोड है मेरे पास Minecraft का इधर को अगर गलती से ऊपर से क्रीपर गिरा ना मुझक मैं मरूंगा ही मरूंगा इधर मुझे नहीं लग रहा इधर लावा मिलने वाला है अपन को ठीक है देखो कौन फसा है उधर <laughs> फस गया है बंदा चलते गाय से ऊपर कैसे ब्लॉक्स लगा के जाना पड़ेगा तू क्या करेगा बेटा मर जा भी वैसे भी जिंदा रख के क्या होने वाला था उसका उधर मर ही जाता था वो ठीक है राइस इस वाले क्या बोलते इसे यार मैं उस शब्द भूल क्यों जाता इस वाले में कुछ भी नहीं था चलो बस हमें ये मस्त चीज मिली है इसको मैं सोच रहा हूँ ना कुछ टाइम के लिए मैं इसके यहां पर पे इससे खड्ढा बना लेता हूँ yes. सुना है ये भी करती है बाहर इसके लिए एकदम प्रोटेक्टिव कवरिंग बना के उसका अंदर फिलहाल के लिए छोड़ देते जा तो, तो फटाफट से उठा लेते हैं एक बकेट और ये बन गया अनलिमिटेड वाटर सोर्स तो एक्टल मस्त जिंदा रहेगा नीचे और ऊपर से पानी निकालेंगे मस्त एक कॉर्ड लेवल में बढ़ा देता हूं उसकी ठीक है वो क्या है भाई साहब रू इम्पोर्टेंट सीरियसली मुझे कैसे नहीं दिखा वो फटाफट से चलते गए उधर देखते हैं उधर क्या मिलेगा हमें उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक बोट बोट के लिए मुझे चाहिए फूड यहाँ पे है। है यहाँ पे पे हैं मैंने सुना है वहाँ पे भी होते हैं। देखेंगे होते वो ड्राउंड मार दूंगा मैं उनको चलो मारे चल डे फट बच्चे मुझे कैसे ना दिखाई Okay, पहुंच चुका हूँ तबाही चेस्ट? Okay, यार मुझे वो डायमंडोर्चून वन से तोड़ने चाहिए थे यार शेख गलती कर दी मैंने लेकिन यार ये गोल्ड का है मैं तोड़ देता। इसके हेल्थ तो पांच सेकेंड में ही जानी थी छोड़ो गाइस ये यब्सिडियन भी पड़े यहाँ पे ग्रेट लेकिन सबसे सब पहले कितने ऑब्जिडियन है यहाँ पे एक दो तो, तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस है गाइस चलो तोड़ देते इनको Okay. Advancement made, ice bucket challenge. Great. ये पानी का बहुत गंद पा रहा है यहाँ पे तू जा मेरे भाई. चारा गए हो गया इन चार बन गया अपना बस एक बुक बनाने उसके लिए लेदर चाहिए मेरी इन्वेंट्री में एक लेदर नहीं है वो गाय को मैंने मारा था ना लेदर क्यों नहीं मिला मुझे अजीब बात है लेकर चलना अपने साथ मैं क्या सोच रहा हूँ गईस सबसे पहले हमारा नदर पोर्टल बनाते उसके बाद नदर में चलेंगे उधर तो हर गली गली में लावा लावा पड़ा रहता है तो उधर से लावा उठाते हैं हैं उसको उसको इस वर्ल्ड में में लाएंगे और फिर पर ये अपना अपना वो क्या बोलते उसको? में कन्वर्ट करके बना लेंगे पोर्टल ठीक है तो ऐसे करेंगे भाई दस साल लगेंगे इसे तोड़ते बेटा तो थे ग्यारा गए मैग्मा ब्लॉक की तो ओके वो क्या है वो क्या है ये तो पहली बार देखा भाई मैंने मशरूम का पेड़ पेड़ देखो भाई साहब कौन सा जंगल है वो क्या मालूम ठीक है इस फटाफट से चलते हैं अभी होटल कहाँ पे बनाऊ मैं यहाँ पे बना दो ठीक है चलो यहाँ पे ही बनाए थे उसको रखना इससे एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा एक तो हो गया तो मैं क्या करता हूं तीन की जगह का बना दो क्या इस पागल हूँ लिटरली पागल हूँ थोड़ा Two thousand years later. Okay, guys. तो फिलहाल तो तोड़ दिया मैंने. अभी मैंने इसको इससे लगाना है. इसको इससे लगाना है. इसको इससे लगाना है. चार ब्लॉक बच गए. इससे हमारा बन जाएगा. क्या बोलते उसे? Enchantment to rise. लेकिन उससे पहले मुझे अपना घर बनाना पड़ेगा. अच्छा सा एकदम. ठीक है राइस फिलहाल तो चल के सो जाते यार। क्या, हाँ थंडर स्टॉम है? क्या है? ये? अभी इतनी रात हो गई अब तो सोने दे भाई। दबाई फंस गया है बंदा विलेजर मुझे बनाना पड़ेगा एक स्टील ओके हैं वापस मुझे कोल्ड का सामान पहनकर जाना पड़ेगा शील रखते हाथ में वो ये एक्सट्रीम लूट पहले हाथों भर गई चलते थे नेदर में। ओके। आइस गणपति बप्पा मोरिया। वो तो ये लाइट लाइटर क्यों नहीं हो रहा है था? चार एक दो तीन से से लगने, से से लगने, पे ये, ओके जाने दो तो गणपति पोर्टल लाइट अप हो गया चलते हैं में को चलो एडवांसमेंट हमें मिलने वाली है बॉडी पर ओपी कौन सी बायोम है ये तो ये है हमारी वेस्टस बायोम इसने पोर्टल अगर तोड़ दिया ना गंध पाती है गास्ट सच में मैं ठीक गोल है गोल्ड का सामान पहन के आया बॉयज क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगे बच्चे हाँ क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगे आ जाओ ये लो ऐश करो खड्डे में गिर जाओ पहले ये ले क्या दिया इसने सोल साइन ये सौरक ओ भाई साहब ओ भाई साहब यह क्या है गॉड ओपी है तू भाई ओपी तुझे कहते हैं ओपी बंदा ओके okay. और कुछ दिया क्या इसने okay, कुछ नहीं दिया. चलो. Oh ये क्या था भाई साहब इसलिए इसको नेदर कहते हैं फाड़ देता है सबकी फाड़ देता है भाई साहब भाई गलती से सुना अगर पोर्टल का भूल गया ना मर जाना है मुझे फिर कोऑर्डिनेट्स देखते हैं इसके तो मैं स्क्रीनशॉट मार लेता ओके यहाँ पे ब्लॉक लगाते हुए चलते है ये देखो आसे इस, गडे यहाँ पर मुझे लगावा लावा, लावा मिला ठीक है चलो तो यहां से थोड़ा ये उठा लेते हैं यहां से एक्सपी हमें बहुत मिलते हैं ये उठाने पर ये क्या स्कॉर्ड्स रहेंगे इससे हम क्या वगैरह बना सकते हैं हैं अच्छी चीज़ है ये ये उठा लेते हैं। फिर देखो नौ से में चला गया बस मैंने दस भी नहीं तोड़े अभी तक ये बहुत ओ शेट। शेट खतरनाक बंदे हैं ये इनसे बिन्ने के लिए ऊपर जाना पड़ता है फिर से शॉर्ट मारेगा I see. I see. I see. Oh no no no no. No no no no. Shit! Bagu bagu bagu. Marry me, marry me, marry me. Bahagmari. भाग भाग बाग पिघली बचमझे no, no, no. no, no, no, no. भागो भागो भागो मर गया मैं मर गया मैं मर गया भाग मेरे भाई भाग भाग भाग बचा मुझे। इग्लिन। भाई भी भाई सब बस चुपचाप अपना अपना काम करो और लो इधर से उस बंदे को तुम्हें मार के जाऊंगा डरती है से। चलो गाइस चलते वापस काम हो गया अपना अंधेरी रात है आज <स्थाँगा> इसे फे इसे फेंको हमारे बड़े तो ओके गाइस इस वाले एपिसोड में इतना ही आज हमने डायमंड्स डायमंड की डायमंडक्स बनाई में गए इस वाले एपिसोड में बहुत मजा आया आया वीडियो पसंद तो दो डायमंड कर तो इस वाले वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो में माइन क्राफ्ट सीजन वन कि अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय